कि ईक्षापू वंश में शरिया के नाम के एक राजा हुए वो मणपुत्र गुरुपुत्र के साथ शरिया के नाम के एक राजा हुए उस शरिया के नाम के राजा को नौ पुत्र पुत्री थी उसमें एक पुत्री का नाम था सुकन्या वो सुकन्या बहुत सुंदर थी बहुत सुंदर थी और दिन ब दिन बढ़ती गई और वो ये सूर्य वंश ही एक श्रेष्ठ वंश का है जिसमें रामचंद्र जी का जी का जन्म हुआ ये सब लोग जानते हैं तो सुकन्यानी सुंदर थी कि वो अपने क्या तो देखा के बिल के पास बिल में से दो कुछ मणिया चमक रही है उसे लगा की उसने अपने एक काड़ी को लेकर एक लकड़ी की छोटी सी लकड़ी लेकर उन मणियों को या ऐसा से से भाग भाग क्या है कि क्या हुआ चला लेकिन दूसरे दिन शर्याती महाराजा महाराजा के पूरी इसमें पूर्ण ऐसा उपद्रव होने लगा अशांति हो गई लोग अपने अपने मारपीट करने लगे राजा के पास एकदम धन कला सब चले गए युद्ध के लिए दूसरे आने लगे तो शजयती महाराज ने कहा कि यह क्या हो गया ऐसा क्यों हो रहा है तो तब उसके जब शिकार जिसने था कि किसी एक महान ऋषि ने तुम पर तुम्हें श्राप दे दिया है तो उसको कष्ट तुमने पहुँचा है तो बोले क्या हुआ वो बहुत ढूंढते गए तो उन्होंने कहा कि एक जंगल में जाकर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे जिस उनके ऊपर सांप का बिल बन गया था ऐसे ऋषि के आंखों को किसी ने छुभा देकर उनकी आँखें चले गई थी <coughs> सभी सैनिकों मंत्रियों ने सभी कहा हमने नहीं किया हमने नहीं किया बाद में जब उन्हें पता चला तो सुकन्या उनकी कन्या ही वहाँ गई थी तो कन्या को पूछा गया क्या बेटी तू तो वहाँ गई थी बोले पिताजी कोई मणियों की तरह चमक रहा था बिल में तो मैंने काड़ी से तो उसको टोचा तो वो उस मुनि की आंखें थी जो बहुत तेज आय वान थी और उन आंखों को तो उस टोच न करने से उनकी आंखें दोनों चले गए रक्त बहा और उस श्राप दे दिया था महाराज आए उस बिल के पास और एकदम पूर्ण उपस्थिति के साथ उन्होंने उस महामि का नमस्कार किया तो महामनी का नाम था चवन महामि चवन महर्षि उन्होंने नमस्कार किया कि प्रभु मेरे बेटी से गलती हो गई उसने तुम्हारे आंखों को जिस काल से जुभोया और जो तुम्हारी आंखें दो भी चली गई मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ लेकिन इतना उपद्रव हो रहा है तुम्हें तो ये क्षमा करो वो <coughs> थे पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे दोनों आँखें चली गई थी तपस्या के कारण शरीर पूरा सूख गया था और तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप जो भी कहेंगे सरअी रहने का आप जो भी कहेंगे मैं इसको मानने के लिए तैयार आप कहूँ आप क्या कहना चाहते हैं तो चौदन ने कहा बात देकर हटेगा था नहीं तो नहीं ने कहा नहीं आप जो भी पूछो मैं दो दिन लेकिन जो राज्य में उपद्रव चल रहा है उसकी शांति करो तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ मेरे को माँ बाप कोई मेरी मेरे सहायक मेरे सहायता करने वाले नहीं है और मेरी सेवा करनी दो आंखें चले गई है तो मेरी सेवा कौन करेगा मैं चाहता हूं कि तेरी पुत्री सुकन्या को मुझसे विवाह कर दे मैं उसको लेकर जंगल में करूंगा वो मेरी सेवा करेगी करेंगे महाराजा के पाउं की जमीन खिसक गई मेरी इतनी सुंदर बेटी उसको अगर इस च्यवन महर्षि को दे दू अंधा बूढ़ा तो जिसके साथ बाल सफेद हो गए हैं मेरी इतनी सुंदर कन्या उसका क्या सुख होगा वो बहुत विचार में पड़ गए हाँ या ना कहते हुए वहां से चले गए च्यवन तो महर्षि वैसा ही देखते गए कि इसने मेरी वचन दिया और ये चला गया लेकिन जब घर को आए और उपद्रव देखा तो राजा अपने सब मंत्रियों से मेरे विचारना करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए उन्होंने तो बेटी सुकन्या को मांगा है और मेरी इतनी सुंदर सुकन्या मैं उनको तार्पण नहीं कर सकता इसके बारे में क्या करना चाहिए तो ये बात जब सुकन्या तक पहुँची तो सुकन्या तो आई कि गलती मैंने की है पिताजी मैं उनकी भारियाँ बनने के लिए तैयार हूँ मेरा विवाह उनके साथ कर दो ऐसा उन्होंने कहा पिता बहुत समझाए नहीं बेटा ऐसा नहीं करना ऐसा है तो नहीं कहा एक तो राज्य में उपद्रव होगा उसकी शांति होनी चाहिए दूसरा गलती मैंने की है उसको मैं अनुभव करना चाहिए मैं उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ आप मेरा विवाह उनसे करवा दीजिए बहुत समझाने पर भी नहीं मानी और कहा कि चलो आप करो नहीं तो भाई जाके उनके साथ शादी करूंगी राजा को मजबूर होकर उनके पास आना पड़ा और उन्होंने उस च्यवन महर्षि के साथ उनका विवाह कर दिया विवाह कर लेते ही सुकन्या ने अपने ऊपर के सारे गहने उतार कर राजा को दे दिया और वलकल वस्त्र पहने और कहा कि एक झोपड़ी में हम यहाँ मैं मेरे पति की साथ रहूँगी वो पति की सेवा करते हुए अपनी अंधे पति को सेवा करने लगी इतनी सेवा की सेवा से शुशा से जवन महर्षि बहुत पसंद हुई बहुत दिन तक उनकी ऐसी सेवा करती रही तो एक दिन क्या हुआ जब ये फूल चुनने के लिए जंगल में गई और पानी लाने के लिए उनके नहाने के पानी खिलाने गई तो उस समय सूर्य के दो पुत्र अश्विनी कुमार वहाँ से गुजरने लगे वो लोग वहाँ आए उन्होंने जैसे इस कन्या को देखा कि इतनी सुंदर कन्या है और ये यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रही है वो उनके पीछे पीछे आए और देखा कि वृद्ध झोपड़ी में बैठा हुआ है उसकी सेवा कर रही है तो उन, दोनों अश्विनी कुमार ने उसको अपने बगल में बुलाया और कहा कि तू तो इस बूढ़े के साथ क्या बैठे हुए देख हम दोनों सूर्य पुत्र है हम दोनों देवताओं के चिकित्सक है डॉक्टर्स है देवताओं के हमें से दोनों में से किसी एक को चुच ले विवाह कर ले तुझे तुझे जो चाहे वो विवाह कर ले तुम्हें तुझे सुखी रखेंगे तुझे धन धन्य से परिपूर्ण करेंगे तुझे जो चाहे उसको प्रदान कर सकते हैं हम हमारे में वो शक्ति है सुकन्या कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम देवताओं के चिकित्सक हैं और सूर्य के पुत्र हैं अश्विनी कुमार हमारा नाम है तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े महान देवताओं के पुत्र हो ये नहीं जानते कि मैं इस वृद्ध जो भी मेरा पति कैसा भी हो अंधा हो बूढ़ा हो कैसा भी हो मैं उसकी सेवा कर रही हूँ उस पति की सेवा कर रही हूँ और उसकी उसकी सेवा में तत्पर और आपे आश्क, आपको ऐसा मानना ऐसा पूछना शोभा देता है क्या ऐसा उन्होंने कहा लेकिन वो बहुत जबरदस्ती जब करने गए तो उनने कहा कि आपे अगला अगर एक कदम भी डाले अगर मैं पतिवृता पति हूँ तो मैं तुम्हें श्राप देते डर गए और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें एक काम करते हैं तुम जाकर तुम्हारे पति से पूछो कि हम हमारी देवताओं की चिकित्सा पद्धति से उन्हें ठीक कर देंगे लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें तुम्हारे पति को हमारे तीनों में से कुछ ना हो उन्होंने जाकर एक बात अपने पति को बता दी ऐसे अश्विनी कुमार नाम के लोग आए उन्होंने ऐसा कहा लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है ये कि हमारे तीनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा इसका अर्थ मुझे पता नहीं चला तो चवन महर्षि ने कहा कि तुम उन्हें कह दो तुम्हारी शर्त मान लेती है तुम पहले चवन महर्षि को ठीक करो वो अश्विनी कुमार आए और उन्होंने अमृत नाम का कोई संजीवनी नाम का एक द्रव और उस चवन महर्षि को बूढ़े से लेकर एकदम जीवान बहुत सुंदर दो आंखें आए ऐसा सुंदर व्यक्तित्व बना दिया बना देते ही जैसे ही देखा कि अश्विनी कुमार दोनों के साथ ये तीसरा अश्विनी कुमार तैयार हुआ तीनों एक ही तरह थे अब सुकन्या को था कि इनमें से अपने पति को चुनना था तीनों एक ही तरह देख रहे थे और उसको चुनना था कि मेरे मेरा मेरा पति मुझे कैसे प्राप्त हुआ वो तो असमंजस में पड़ गई तब उन्होंने पशुपतिनाथ शिव को प्रार्थना की अगर मैं पतिव्रता हूं तो मेरे पति को मैं चुन लेकर उनके गले में हार डालूं मैं आंख बूंद कर आंखें डाल मेरे पति के गले में आंख डालने ए, माला डालने के लिए जा रही हूं और उसने आंखें बूंद और माला जैसे ही डाली वो सच्चे उनके ही पति के गले में पड़े और अश्विनी कुमारों ने क्षमा मांगी और कहा कि तुम सच्ची पतिव्रता हो तुमने तुम्हारा पति चुन लिया तब छवन महर्षि भी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा अश्विनी कुमारों को कि अश्विनी कुमार तुमने मुझे जो यवन यवन प्रदान किया है ये सब सुंदरता दी है मैं तुम्हारा ऋण मेरे पास मेरे पास नहीं रख लेता <coughs> तुम मुझसे इस ऋण चुकाने के लिए तुम जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ अश्विनी भगवान ने कहा हम सूर्य के पुत्र है हमें क्या कमी है किसी प्रकार की कमी नहीं लेकिन उन्हें याद आया उन्हें याद आया कि इंद्र ने इनको यज्ञ के <coughs> यज्ञ में देवताओं को जो सोमपान दिया जाता है जो सोमरस दिया जाता है इनको देने का अधिकार से मना कर दिया था इन दोनों ने कहा था अश्विनी कुमार तुम चिकित्सक हो तुम देवता नहीं हो इसलिए तुम्हें हम सोमपान नहीं देते और इन दोनों ने कहा कि चवन महर्षि अगर तुम हमें सोमपान दिला देते हो एक भाग बना देते हो एकने का भाग हमें भी मिले ऐसा आशीर्वाद अगर तुम देते हो ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें हमें सोम पान दिलाओ सोमृत अमृत रस हम जो भी करते हैं हवन करते हैं तो उस समय उस समय में सोमरस की तरह भगवान को दिया जाता था और सारे देवताओं को केवल दिया जाता था <coughs> उससे इन सूर्य पुत्रों को मनाई कर दी थी और उन्होंने मांगा था कि उस सोमपान पान को अगर तुम हमें प्रदान करते हैं तो हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे चवन ने कहा तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं यज्ञ बनाऊंगा यज्ञ भी करूंगा और तुम्हें उसमें सोमपान का अधिकारी भी बनाऊंगा उन्होंने अपने ससुर शरियादी के पास गए और शरियादी ने जब देखा कि किसी अश्विनी कुमारों के साथ मैंने जिस बूढ़े को मैंने मेरी कन्या को दी थी वो तो एकदम राजा देवता सम्पन्न सौंदर्य शक्तिवान वरिष्ठ और अच्छा युवक बन गया है और वो मेरे सामने मेरे दामाद बन गया उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और श्रद्धा ने कहा प्रभु बोलो क्या क्या बात है उन्होंने कहा कि तुम्हें एक महादेव भी करना है